ना मुन्ना अब वो नहीं बचा यूट्यूब पे जो पहले था पहले यूट्यूब पे पॉन फ्री मिल जाता था अब पोर्न के नाम पे यूट्यूब तुमको भग भोजड़ी का कर देगा क्योंकि यूट्यूब में अब वो बात नहीं है जो पहले थी यूट्यूब सख्त लौंडा बन चुका है उस पर नहीं है पोर्न साइडी माइंड नहीं है लेकिन अगर तुम उस पर प्राइवेट इंकोटिक मूड करके अंदर जाके सर्च मार मारोगे तो साइट से तो मैं मिल सकता है अभी एक हफ्ते पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था वीडियो और लेकिन हम अगर अपनी वाली वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब तो हमारे लोड़े लग जाएंगे यूट्यूब हमको स्ट्राइक मार देगा अभी एक हफ्ते पहले यही हुआ है मेरे साथ आखिर एक वीडियो बनाई मैंने वो भी बहुत गैस गिस के उसको उसपे स्ट्राइक मार दिया उसको रिमूव कर दिया गया यूट्यूब से अगर शायद तुमने उस वीडियो को ना देखा हो तो फेसबुक पे उसपे मैंने अपलोड किया है देख सकते हो तुम डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक की लिंक है ऊपर हाईलाइट कर रही होगी वो उसको देखो और बताओ क्यों आखिर उसमें क्या है जो बच्चे नहीं दे सकते क्या है बताओ और सब्सक्राइब तुम करते हो हर बार करते हो इस बार भी करोगे मेरे साथ कहने से नहीं करोगे तो कर दोगे तो मुझे भरोसा है तुम करोगे और पता नहीं क्यों यूट्यूब इतना कमज़ोर होते जा रहा है धीमे धीमे उस पे से सब हटते जा रहा है बस ओ सपना मेरा सपना मेरी हाँ, ओह सपना मेरी सपना मेरी हाँ। वाह मुन्ने वाह तू ने तो पूरी वीडियो देख डाली भाई अब तो सब्सक्राइब बनता है सब्सक्राइब करेगा तू मुझको पता है तू सब्सक्राइब करेगा यार कर दे बार बार नहीं कहूंगा कर दे भाई ठीक है मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत